اللهم على محمد وعلى بعد आज का ये जो हमारा बयान है जुमे का वो है जुमे की अहमियत और इसकी फ़जीलत के बारे में तो देखें हफ्ते के सात दिनों में सबसे ज़्यादा बामत और बरकत और अफज़ल तरीन दिन जुमे का दिन है ये अल्लाह ताली की मेहरबानी और खास तोजुहत का दिन है और इसमें अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े अहम वाक़ात पेश आए हैं और आइंदा पेश आने वाले तो आज का ये जो हमारा बयान है वो जुमे की अहमियत और इसकी फ़जीलत के बारे में ही है तो लिहाजा गौर से सुने तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए सबसे ज़्यादा आज़मत और बरकत वाला दिन जुमे का है हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुनजिर रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूल सल्ल वसलम नेरशाद फरमाया जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है अल्लाह त यहाँ सारे दिनों में सबसे ज़्यादा आज़मत वाला दिन अल्लाह के नज़दीक ईद अज और ईदालफित्र के दिन से भी ज्यादा मरतबे वाला है उस दिन पाँच अहम बातें हुई हैं यानि जुमे वाले दिन पाँच अहम बातें हुई हैं नंबर एक इस दिन अल्लाह ताली ने हजरत आदम सलाम को पैदा किया जुमे वाले दिन दूसरी चीज़ इसी दिन अल्लाह तहत आदम सलाम को ज़मीन पर उतारा जुमे का दिन इसी दिन अल्लाह तहत आदमी सलाम को मौत दी कौन सा दिन था जुमे का इसी तरीके से चौथी चीज़ें इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि बंदा उसमें जो भी चीज़ मांगता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर अदा फरमाते हैं बशर्ते कि बंदा किसी हराम चीज़ का सवाल ना करे पांचवी चीज़ है इसी दिन कयामत क़ायम होगी तमाम फरिश्ते मुकर फ़रिश्ते आसमान ज़मीन हवाएं समंदर सब जुमे के दिन से डरते हैं इसलिए कि कयामत जुमे के दिन ही आएगी तो ये पाँच चीज़ें जुमे के दिन होंगी या हो चुकी हैं पहली चीज़ ये तो समझ में आ गई कि सरत आदम सलाम को अल्लाह ताल पैदा किया हरत आदमी सलाम को ज़मीन पर उतारा इसी दिन हजरत आदमी को मौत भी दी अब ये चार चीज़ें चौथी और पाँचवीं चीज़ है कि इस दिन में एक ऐसी भी घड़ी है कि बंदा उसमें जो भी चीज़ मांगता है अल्लाह ताली उसको ज़रूर अदा फरमाते हैं इसी तरीके से इसी दिन क़्यामत भी कायम होगी तो ये बड़े बड़े अहम वाक़ात भी पेश हुए हैं और पेश होने वाले हैं अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ दूसरी चीज़ है जुमे के दिन नहाने धोने और सफ़ाई सुथराई का पूरा अहमाम करें हज़रत सलमान फ़ारसी रजील रिवायत करते हैं कि रसोल वसलम नेरशाद फरमाया जो शख्स जुमे के दिन गसल करता है जितना हो सके पाकि का अहतमाम करता है और तेल लगाता है या घर में खुशबू इस्तेमाल करता है फिर मस्जिद जाता है या मस्जिद पहुंचकर जो आदमी पहले से बैठे हैं उनके दरमियान में नहीं बैठता जितनी तोफ़ी को जुमे से पहले नमाज पढ़ता है फिर जब इमाम खुतबा देता है तो तवज्जो ख़ामोशी से सुनता है तो इस जुमे से गुज्तर जुमे तक उसके सारे ग्राहों को माफ़ कर दिया जाता है बहुत अहमियत है इसकी फज़ीलत है तो जुमे का दिन जब हो नहाने धोने और सफ़ाई सुथराई का पूरा अहतमाम करें माशा हम लोग करते भी हैं सफाई सुथराई का ख्याल भी करते हैं लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आती सफाई हम लोगों को थोड़ा पहले से करना चाहिए नहाना धोना हम लोगों का थोड़ा सा पहले हो जाए हम अक्सर देखते हैं कि हमारा नहाना धोना उस वक्त में हो हो रहा होता जब जुमे की अजान दी जाती है यानी ठीक साढ़े बजे उस वक्त में अजान दी जाती है जुमे की और उसी वक्त से ही नहाना शुरू करते हैं अब बताओ नहाते नहाते जब आप आते हैं जब मस्जिद में पूरा का पूरा खुतबा पूरा का पूरा बयान ख़त्म हो जाता है और ख़ुतबा भी यहाँ तक के आप लोगों का निकल जाता है तब आप आते हैं मस्जिद में सिर्फ दो रकात नमाज पढ़ने तो ऐसे नहीं मेरे भाई ये सारी चीज़ें किसको मिलेंगी उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं इतनी फजीलत किस हासिल है जो सुबह सवेरे नहाता है धोता है सफ़ाई सुथराई का ख्याल करता है मस्जिद जाता है पहले से पहुँच जाता है पहले से बैठ जाता है इमाम का पूरा बयान सुनता है उसके बाद खुतबे को सुनता है बड़े तवज्जु से सुनता है अल्लाह उसके गुज्तर जुमे से इस जुमे तक के सारे गुना माफ फरमा देते हैं तो समझ में आ रही है हम लोगों को जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करना है फ़िक्र करना अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ की तरफ जुमे के दिन जल्दी से जल्दी मस्जिद पहुँचने की कोशिश करें हज़रत अबू खरा रजी लन फरमाते हैं के रसूल ने वसलम नेताया जब जुमे का दिन होता है फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं पहले आने वाले का नाम पहले उसके बाद आने वाले का नाम उसके बाद लिखते हैं इस तरह आने वालों के नाम उनके आने की तरतीब से लिखते रहते हैं जो शख्स जुमे की नमाज़ के लिए सबसे पहले जाता है उसे ऊँट सदका करने का स्वाब मिलता है उसके बाद आने वाले को गाय गाय का सदक़ा करने का स्वाब मिलता है उसके बाद आने वाले को मेंढ़ा उसके बाद आने वाले को मुर्गी उसके बाद आने वाले को अंडा सदका करने का सवाब मिलता है जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो फरिश्ते वो अपना रजिस्टर जिनमें आने वालों के नाम लिखे हैं लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं तो देखो इस चीज़ से हमें दो तीन इस हदीस से हमें दो तीन चीज़ें पता लगें पहली चीज़ ये पता लगी कि हमें जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करना है मस्जिद समझ में आ रही है पहला पहुँचता आदमी तो उसको ऊँट सदका करने का सवाब अब जो थोड़ा सा उसके बाद आता है उसको गाय करने का सवाब मिलता है उसके बाद आने वाले को मेंढा उसके बाद आने वाले को मुर्गी उसके बाद आने वाले को अंडे करने का अंडे सदका करने का सवाब मिलता है फिर अब क्या होता है जब टाइम हो जाता है खुतबे का तो वो अब जो फरिश्ते जो नाम लिख रहे होता तो है ना तरतीबर तरतीब अब वो फरिश्ते भी अपना रजिस्टर बन करके खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं अब यहाँ पर ए, एक चीज़ तो ये हो गई क्लियर कि हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना दूसरी चीज़ ये भी समझ में आ जाती है देखो खुतबे की कितनी अहमियत है जुमे की खुतबे की कितनी फजीलत है कि हमको उसको किस तरीके से तोज्जो और गौर से सुनना चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं कभी सफ़ों से खेल रहे होते हैं कभी किसी से बात कर रहे होते हैं ऐसा लगता है जैसा नहीं खुतबा हम लोग सुन रहे हैं, बोर हो रहे हो ऐसा ऐसा हो जाता है और इसकी कितनी अहमियत है और फजीलत है कोई पलत्ती मार के बैठा होता कोई जाने कोई कान में कुछ कर रहा होता बड़े कोई ना कोई अपने लवु चीज़ों में लगा होता है उसका उसका ध्यान होता ही नहीं ख़ुत की तरफ खुतबा इधर पढ़ रहे होते हैं वो बस खाली अपने खेलों में मशगूल होता है तो यार खुतबे की बहुत अहमियत और इसकी फसीलत है जब भी खुतबा शुरू होना चला जाए तो मेरा भाई आप लोग जैसे हम लोग नमाज़ में यानी तशहद में बैठते हैं तहियात में बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएं, पलती वलत्ती तोड़ दें और क्या कहते हैं उसके बाद खुतबे को गौर से सुने बिल्कुल ग़ौर से सुने देखो जो बंदा खुतबे को ग़ौर से सुनता है और उस वक्त में कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का सवाल करता बचरते के वो हलाल है तो अल्लाह उसको ज़रूर अता करते हैं बताया नहीं कि जुम्मे वाले दिन एक ऐसी घड़ी है कि जिस दिन जिस वक्त में बंदा कोई भी चीज़ का सवाल करता अल्लाह उसको ज़रूर अता फरमाते हैं अब वो घड़ी खुतबे के दरमियान में है और दूसरा दूसरी हदीस में आया है कि वह घड़ी असर की नमाज़ के बाद है तो ये घड़िया है तो मेरे भाई हमें इन टाइमों को वेस्ट नहीं करना है या किसी भी चीज़ों में हमें खेल कूद में नहीं पढ़ना हमें खुतबे को ग़ौर से सुनना है बहुत सारे लोगों को देखा है कि ख़ुतबा शुरू होता है तो वो अपने जाने ऐसे बैठे होते हैं एक तो पता ही नहीं चलता कि सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे दूसरा वो बच्चों से खेल कूद में लगे होते हैं और जबकि नबी यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपने क्या कहते हैं? किसी बच्चे को खामोश करने के लिए ख़ुत के दौरान ये कह दिया कि चुप हो जा तो कहते हैं कि आपने भी ये लफ काम करा किसी को कुछ नहीं बिल्कुल खामोशी के साथ तवज्जो से मेरा भाई ख़ुतबे को सुने बहुत अहमियत और इसकी फजीलत है तो खुतबे की इस हदीस से दो चीज़ें समझ में आ गई एक तो जल्दी पहुँचना दूसरा खतबे की कितनी अहमियत है अब आ जाते हैं अच्छा चौथी चीज़ की तरफ हर कदम पर एक साल की इबादत और एक साल के रोज़ों का सवाब हज़रत बिन सफ़ी रज़ी अल्लान फ़रमाते हैं कि मैंने रसोल्ला सल्ल वसलम को इरशाद फरमाते हुए सुना जो शख्स जुमे के दिन खूब अच्छी तरह गसल करता है बहुत सवेरे मस्जिद जाता है पैदल जाता है सवारी पर सवार नहीं होता इमाम से करीब होकर बैठता है तोज्जो से खुतबा सुनता है खुतबे के दौरान किसी किस्म की कोई बात नहीं करता तो वो जुमे के जितने कदम चल आता है उसे हर कदम के बदले एक साल के रोज़ों का स्वबा और एक साल की रातों की इबादतों का स्वाव मिलता है बहुत क्या बेहतरीन हदीस है सुबह ना हर क़दम पर एक साल के इबादत और एक साल के रोज़ों का सवाब मिलता है जो आदमी जल्दी से जल्दी मस्जिद में आता इमाम से करीब होकर बैठता है और ख़तबे को ग़ौर से सुनता खुतबे के दौरान किसी किस्म की कोई बात नहीं करता तो वो जुमे के जितने कदम चलकर आता है उसे हर कदम के बदले एक साल के रोज़ों का वाब मिलता और एक साल की रातों का इबादतों का स्वाब भी मिलता है तो मेरे भाई जुमे की अजान होते ही हमको नमाज के लिए निकलना है समझ में आ रही ये बात देखो अल्लाह ने कह दिया कुरान में हर मुसलमान पर लाजिम है फ़र्ज़ है कि नमाज जुमे के लिए पहले से तैयारी करे और जल्द मस्जिद पहुँचने का अहमाम करे आखिरी दर्जा ये है कि अजान होते ही अपना सारा काम काज मस्जिद मस्जिद की तरफ चल दे तजारत दुकानदार मुलाजिम मुलाजिमत को छोड़ दे नौकर अपनी ड्यूटी को ऑफिसर अपने ऑफिस को और पेशावर अपने पेशे को छोड़कर दरबार खुदाबंदी में हाजिर हो जाए अजान के बाद किसी काम में मसरूफ रहना दुरुस्त नहीं है हत्ता के घर में रहते हुए तिलावत जारी रखने की भी गुंजाइश नहीं अल्लाह ताला के इरशादा ईमान वालों जब जुम्मे के दिन जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए यादी नलाद तो अल अल्लाह की जिक्र की तरफ चल पढ़ो यानी अल्लाह ताला की याद और खुतबे की तरफ चल पड़ो ख़रीदो फरोख्त बंद कर दो इसी तरह दूसरे काम काज छोड़ दिया करो ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझते हो तो मेरे भाई जुमे की इस हदीस इस कुरान पाक की आयत से ही बहुत अहमियत निकलती है कि जुमे की जब आसान दी जाए हमारे सारे के सारे काम हमको छोड़ देना चाहिए कोई भी काम में लगे नहीं रहना चाहिए यहाँ तक कि अगर हम नेक काम भी कर रहे हैं तलावत भी करना है कुरान पाक की तो भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है उस वक्त में तो मेरे भाई खामोश रहकर कर से खुतबा सुने नमाज नमाज जुमे की जब अजान दी जाए तभी से मस्जिद की तरफ लपकें और आ जाएँ और जुमे की नमाज के लिए सफाई सुथराई का ख्याल सुबह से ही कर ले यह बेहतर है तो आइए आज की वीडियो हमारी हो गई जुमे की, की अहमियत और इसकी फजीलत के बारे में आज का ये हमारा छोटा सा बयान था इन अगले हफ़्ते फिर इसी के ऊपर कुछ और बातें करेंगे अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताल कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक तोहफ़ी फरमा आमीन